ஓ <totodak category> <sharp> <startac> Form up on me। अरे ये भाई क्या सोच क्या क्या क्या था ये? क्या सोच के आ रहे थे ये लोग इतना शायद हो माइ उसके टले भी लग के वापस <laughs> है। पीछे भाई सेफ, सेफ। ये राइट से <laughs> अरे मैं पुश करूँ, तो रे। ये भी नॉक था। वो तो कहीं ये। है क्या? मैं क्या बोला? मार्क द लोकेशन। मैं क्या बोला? अरे वाह किसने <laughs> मुझे कुछ तो दिखाया रहता रहता। पैन पैन मतलब पैन मतलब फर्स्ट ट्राई ईवेल का मेरा पेन फेक मेरा भी चला गया ले पास हूं को दो फाइनली दो दो बाइक नहीं आया ना पैन देना पैन देना ले आभी, आभी तो तो तो अभी अभी मेरा भाई इतने डर क्या मैं उसको पता ही स्मोक से निकल के उसको मार दिया हा थर्टी नाइन थर्टी नाइन प्लस टू होता है फोर्टी वन फोर्टी वन प्लस सिक्स होता है फोर्टी सेवन इट वॉज अ गुड गेम